देखिए शादी का महीना आने वाला है तो आप लोग इस भात के भजन को जरूर गाइए और अपने सभी लोग अपने भाई को समझाइए कि भैया आपको आना जरूर है लेकिन घबराना नहीं है मेरा रंग रंगीला भैया मेरा छैल छपीला भैया मेरा रंग रंगीला भैया मेरा चैल भैया तुम भात लेके आना भैया तुम भात लेके आना भैया मेरा बहुत बड़ा परिवार भैया भात लेके आना भैया मेरा बहुत तो बड़ा परिवार भैया बात लेके आना भैया जितने पत्ते बड़ में भैया उतने सास ससुर हैं भैया जितने पते बड़े में भैया उतने सा है मेरे भैया उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम तो बात लेके आना भैया उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम तो बात लेके आना रंग रंगीला भैया मेरा चल चली भैया मेरा रंग रंगीला भैया मेरा चल चली भैया तुम तो बात लेके आना भैया बात लेके या मेरा तो बहुत बड़ा तो तो तो परिवार भैया तो बात लेके आना भैया जितने पत्ते पीपल में उतने जेठ जिठानी मेरे जितने पत्ते हैं उतने हैं जेठ मेरे उन्हें देख के डल मत जाना भैया तुम तो बात लेके मत जाना भैया तुम तो बात लेके मेरे चैल चबीले भैया मेरा भैया तुम भात लेके या तुम भात लेके आना जितने पत्ते तुलसी में उतनी है दोहर जिठानी जितने पत्ते तुलसी में उतनी है मेरी दोहर जिठानी उन्हें देख के डर मत जाना भैया भात लेके भैया उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम तो बात लेके यार वो जितने मोती माला में उतने मेरे नंदन नन्द दोई मोती माला में उतने मेरे नंदनोई नन्द उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम भात लेके आ रंग रंगीला पर मेरा चल चबीला भैया मेरा रंग रंगीला तुम भात लेके आना भई जितने तारे अंबर में उतने हैं मेरे बाल गोपाल जितने तारे हैं उतने हैं मेरे बाल गोपाल उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम भात लेके भैया उन्हें देख के डर मत जाना भैया तुम भात लेके मेरा रंग रंगीला भैया मेरा चल भैया मेरा रंग रंगीला तेरा तो चल तो मो भात लेके आना भैया जो आप लोगों को ये हमारा भात का भजन पसंद आया हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करें सब्सक्राइब करना ना थैंक यू सो मच